हेलो फ्रेंड्स मैं आज आप लोग के सामने एक कोलपेट कोल का एक ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो आप लोग नहीं जानते हैं कोलपेट का जो ऐप है ऐप को कैसे हाइड करेंगे और कैसे वॉन्ट करेंगे तो आप लोग देखिए इस वीडियो देखकर सीख देंगे आसानी से तो और एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोग मेरा चैनल में नया आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल में और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो चलिए शुरू करते हैं कैसी हाइक कटती है और कैसी वन कटिए जो ऐप है तो देखिए मेरा सारा ऐप व्हाट्सएप है देखिए रूम से सब में एक को एक कर और ऑन लोग को फोन मैनेजर है फोन फोन मैनेजर मैनेजर में जाना पड़ेगा तो मैं फोन मैनेजर में गया तो हाउस पर I'm no red Lost in the rumble Across these walls Fighting to create Richard. A song. kind of master Never been And done We'll go Odium vision Through the wasteland through the highways Where the shadow Watch the sun rise And the morning know We'll go आइए के सब्सक्राइब कर ले ये देखिए यही था मेरे एक एक था और इधर जैसी यहां से गायब हो गई है ऐसे गायब हो गई है और देखिए जैसे भी गायब हो गई सी द हुर्रे सी मी शो करा कैसे ऑन करेंगे आप में में तो आप लोग देखिए, को ये मैं जो दिखाया था, है,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 इसी तरह भी करनी है मैं